एक नजर तो लिख ले गोरी दिल में उठत रहरा सूरज मुखिया की चंद्रा बरोबर जाने कैसे हो भी तोेहरा